मोबाइल मोबाइल मोबाइल मोबाइल आज के ज़माने में किसके पास नहीं है सभी के पास मोबाइल है लेकिन मोबाइल के हम लोग जैसा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल के कुछ ही ऐसा चीज होता है जब हम लोग यूज मतलब यूज़ करते हैं और बाकी जो है ना यूज लेस तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कुछ ऐसा सीक्रेट सेटिंग जो है मोबाइल बहुत सारा मतलब बहुत सारे टाइम पर जैसे इम्पोर्टेंट कुछ दे, चीज़ देखना है या कुछ चीज़ ओपन करना है तो क्या हो जाता है ना मोबाइल हैंग हो जाता है सही ना हैंग हो जाता है कुलकर नहीं यार बहुत गु़स्सा आ जाता है यार क्या हो रहा है इतना मतलब जी मोबाइल है मतलब इतना मतलब स्लो क्यों चल रहा है तो इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग रहता है जिसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं इस सेटिंग की वजह से जो है ना मतलब मोबाइल जो है लो हो जाता है मतलब स्क्रीन पर ज़्यादा काम नहीं होता है कभी कभी मोबाइल स्लो पड़ जाता है कोई भी वीडियो देखो बहुत लेट होता है बहुत आ, कोई मतलब डाउनलोड होने में भी लेट होता है चाहल मतलब अपलोड करने में लेट होता है कोई भी मतलब चीज़ जो है ना स्लो हो जाता है हर एक चीज़ स्लो हो जाता है लेकिन क्यों सेटिंग में बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम है जो मैं आपको आपको दिखाता हूँ जैसा कौन सा सेटिंग है जिस सेटिंग पर जाके जो है आप मोबाइल को बहुत फास्ट कर सकते हो जैसे कि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना देखना अपना मोबाइल पर ना न कहीं कई ऐसा जगह है जहाँ पे जाने जा मतलब जाने के बाद भी जो है ना यहाँ पर जो नेटवर्क जो सिग्नल जो होता है ना सिग्नल क्योंकि मैं देखो टावर के नीचे मतलब बैठा हूँ तो सिग्नल की बहुत मतलब ये हो जाता है तकलीफ होता है सिग्नल नहीं आता है ठीक से मतलब कॉलिंग मतलब ये नहीं होता है बाहर नहीं हो पाता क्लियर तो इस इसका वजह आपको पता है नहीं पता है ना तो इस वीडियो में बताऊंगा लास्ट तक उसको देखते रहिए और हमेशा एक चीज़ और एक ध्यान में रखना है देखना जो लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूटर में काम करते हैं मोबाइल के रिलेटेड कोई भी काम करता है ना तो उन लोग का मोबाइल भी देखना हमेशा कहीं भी जाएगा ना तो फुल नेटवर्क रहता है बात भी क्लियर होता है हर चीज़ मतलब फास्ट है लेकिन ऐसा क्यों है वो लोग को मतलब क्या मतलब ऐसा स्पेशल ही है क्या अंदर मतलब मोबाइल के अंदर कुछ स्पेशल है इसकी वजह से होता है नहीं इसके जो वजह है वो सेटिंग है तो सेटिंग में मैं जैसा कि देखा तो आप इसको ध्यान से देखिएगा ठीक है इसको ध्यान से देखिएगा तब आप आपको समझ में आएगा मतलब इसको कौन सा ऐसा सेटिंग है जिस सेटिंग में जाकर आप मोबाइल जो है तीज कर सकते हो बहुत फास्ट चलेगा मैं देखा कि फिजिक मतलब मैं देखा के, मतलब मैं देखा के आ, बताता हूँ कि कौन सा ऐसा साइट है जैसा कि मैं हम जब भी सेटिंग में जाता हूँ एक्चुअली मेरा मोबाइल जो है मोटर वाला मोबाइल है मोटर आपका बस तो मतलब एक्सपेंसिव वाला मोबाइल होगा आईफोनों का या दूसरा कुछ मोबाइल होगा तो उसके लिए ऑप्शन एक ही है हमेशा ध्यान में रखना हर हाँ एक मोबाइल पे जैसा होता है अबाउट फोन राइट अबाउट फोन तो होता है हर मोबाइल पे, ठीक है जैसे कि मेरा मोबाइल भी यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस्टम जो है सिस्टम पर हम लोग क्लिक करेंगे ठीक है सिस्टम में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा देखो इधर बैकअप बैकअप की बारे में मैंने वीडियो बनाने वाला था लेकिन सला तुम लोग तो कॉमेंट ही नहीं किया तो मैं क्या बताओ खा खाक बताओ मतलब तुम लोग सपोर्ट ही नहीं करते तो मेरे को वीडियो बनाने का इंटरेस्ट ही नहीं लगता है देखो मैं मतलब कहाँ जहाँ रहता हूँ वहाँ से मैं कितना दूर मतलब पैदल आके मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ क्लियर मतलब आपको दिखना चाहिए आपको समझना चाहिए मतलब आपको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ और आप लोग अगर मतलब देख के ऐसा निकल जाओगे तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो बनाने में सही है ना तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जैसा सिस्टम में मैंने किया तो सिस्टम अपडेट यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो आपको मैं क्लियर करके मतलब टिक करके देखा तो ईज़ी होता ये जो डिस्टअप हो रहा ये जो अपना सिस्टम जो अपडेट यहाँ पे दिखा रहा है ठीक है सिस्टम अपडेट दिख रहा है यहाँ पे फिर रीसेट ऑप्शन जो है लीगल इन्फॉर्मेशन है एंड अबाउट फोन जो है वो ऊपर है तो इस अबाउट फोन में अंदर एक चीज़ होता है जहाँ पे हम लोग चार पांच बार ऐसे क्लिक करेंगे ना तो मतलब एक धुआँ निकलेगा धुआँ जादू करेंगे जादू तुम्हारा सामने देखना है जैसे यहाँ पर क्लिक किया ना तो यहाँ पे देखना बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा आईपी पी एड्रेस आपको तो पता ही नहीं आईपी एड्रेस क्या होता है जैसा मेरा यहाँ पे दिखा रहा है अन लेकिन मैं निकाल सकता हूँ कहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस है आपको अगर पता नहीं है ना तो इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक दे दूंगा आपका मोबाइल अगर आई एड्रेस आपको जानना है ना तो आप आसानी से जान सकते हैं ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पर डेबिस नेम मोटरला फिर फ़ोन नंबर इमरजेंसी इंफॉर्मेशन एंड uh, सिम का जो पूरा जो ये है कौन सा सिम लगाए हुआ है सिम का कौन सा क्या नंबर है नेटवर्क क्या है तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे है जैसे हम लोग यहाँ पे एंड्राइड वर्सन जो है ना यहाँ पे क्लिक करता हो ना तो देखो यहाँ पे क्या आता है एंड्रॉयड वर्सन नाइन्थ मतलब नवंबर कौन सा महीने में आप मतलब मतलब इसको ओपन किया था कौन सा महीने में आप वो नया मोबाइल लिए थे तो इसका पूरा डिटेल्स जो है ना यहाँ पर मिलेगा और वाइल्ड नंबर जो होता ना इसके बारे में मैं लास्ट में बताता हूँ आपको ठीक है उसके बाद जो है ना ई e एम ई -E आई स्लॉट जो सिम का सर इसका रिलेटेड एक मतलब नेटवर्किंग एक साइट होता है जहाँ पे आपका नेटवर्क मतलब जिसको मतलब बहुत ही ये होता है नेटवर्क को मतलब अंडर कोवर करने के लिए उसको मतलब ये जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं ठीक है थीके? फिर हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन में आपका मोबाइल का जो मतलब जो कैटेगरी है अंदर का जो कैटेगरी है डिस्प्ले साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप कि रैम का जो साइज़ है फोर जी है और राम जो होता है राम साइज जो इंटरनल कहता है उसको सिक्सटी फोर है और कैमरा जो है फ्रंट कैमरा है एट पी है और दो कैमरा है लेकिन मेरे को पता नहीं लग रहा है यार पीछे तीन दिन कैमरा लगा हुआ है लेकिन तीन में से तो साला एक ही कैमरा काम कर रहा है बाकी तो कैमरे नहीं कर क्योंकि दिखा भी नहीं सकता ना आपको मैं मोबाइल घुमा नहीं सकता इसी मोबाइल पर शूट कर रहा हूँ तो जैसा मैं जिस काम के बारे में आपको मैं बताने वाला था उसी काम के मैं जाता हूँ ठीक है जैसा यहाँ पर देख सकते हैं मैं चार पाँच बार जैसा क्लिक किया ना तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है कौन सा ऑप्शन डिप्लोमर मैं आपको दिखाता हूँ ओके यू ऑलरेडी ये डिप्लोमर सो जैसा कि यहाँ पे डिप्लोमर ऑप्शन आ गया आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम में दिखाता हूँ आपको जो डिप्लोमर ऑप्शन है ना इसी में मतलब मोबाइल के अंदर जो है ना यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मतलब सेटिंग होता है ठीक है जैसा कि मैंने चार पाँच बार उसमें क्लिक किया था तो बैल्ड जिसमें बल्ड ये था तो उसमें मैंने चार पांच बार क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपका इसी ऑप्शन में डेवलपर ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है ओपन हो गया तो मैं इसके मैं ओपन करूंगा। ओपन करके मैं कौन सा सेटिंग है जिस सेटिंग के बारे में आपको मैं बताने वाला था ठीक है यहाँ पर आपको यू बहुत सारे मतलब ऐसे रिलेटेड मोबाइल का कंप्यूटर का रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन इसके बारे में आपको अगर जानकारी नहीं है तो इसको टच मत करिए मतलब शेयर करने मत करो आपको अगर जो मैं बता रहा हूँ उसी को करना बस हाँ तो हम लोग आगे हैं मेन चीज़ पे मोबाइल स्लो मतलब जो स्लो चलता है मोबाइल बहुत सारे बजाय मतलब डाउनलोड पर स्लो हो जाता है इंटरनेट सही से, से नहीं चलता है तो इसके वजह जो है ना यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ये जो पाँचों ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना यही जो है ना सबसे बदमाश है इसके वजह से है ना मोबाइल स्लो पड़ जाता है ठीक है तो मैं एक एक करके मैं दिखाऊंगा फास्ट जो दिख रहा है विंडो एनिमेशन स्केल ठीक है आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा ना तो मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ऐसा कि जैसे मैंने टेन फे किया टेन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको भी ट्रांजेक्शन जो एनिमेशन है आ, स्केल जो है टेन एक्स में और आप यहाँ पर देखें कि मोबाइल कैसे स्लो चल रहा है जैसे कौन सा भी ऐप मैं खोलूँ ना मतलब कैसा आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका लाइट जो है कैसा आ रहा है स्लो मोशन पे आ रहा है तो इसकी वजह से ना हर एक चीज़ जो है ना मतलब स्लो हो जाता है डाउन मतलब डाउनलोड होने में या कोई भी चीज़ ओपन होने में इतना लेट हो जाता है ना तो इसी चीज़ को जो है हम लोग कम कर देंगे कम जैसा टेन पे करने से क्या हो जाता स्लो हो जाता आप यहाँ पर देख सकते मैं जैसा सेटिंग में कर रहा हूँ ना धीरे धीरे धीरे धीरे और स्लो हो रहा है ठीक है नहीं देखो। इसमें क्लिक कर रहा तो ऐसा मतलब ऐसा लग रहा कि स्लो मोशन में कोई ऊपर से आ रहा है ठीक है आके मेरे को पकड़ रहा है ऐसा है तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा विंडो एनिमेशन स्केल फास्ट जो है इसको मैं क्या करूंगा जीरो फाइंड आप एक बार मैं मतलब क्लोज मत कर देना जैसे फास्ट का जो ऑप्शन है ना एनिमेशन जो ऑफ ए मत करिए ए मत करेगा तो, तो कभी कभी क्या हो जाता है ना पूरा लूज ही हो जाता है मतलब हैंग हो जाता पूरा हैंग हो जाता मतलब चलता ही नहीं है तो इसीलिए पॉइंट एक्स में रखना ठीक है, एक्स में रखना है नीचे का जो है आ, एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल इसको भी पॉइंट में रखना ठीक है।, है आप देख रहे हैं कैसा फास्ट हो रहा है ठीक है ट्रांजेक्शन जो है एनिमेशन स्केल इसको भी पॉइंट में रखना और सिमुलेट जो सेकेंडरी डिस्प्ले है इसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सिमुलेट जो होता है ना एक्चुअली हम लोग जब भी कोई भी चीज़ डायरेक्ट ऐसा मेन बटन से जब भी काट देता हूँ ना डायरेक्ट जो बीच बटन से जब भी काट देता हूँ तो इसका जो एज आता है ना ये सब चीज़ इसको सिमुलेट बोलता है ठीक है तो ये सब चीज़ कुछ करने का ज़रूरत नहीं ये लिमिट में रहता है कभी भी हम लोग इसको मतलब आप कर सकते हैं तो सेटिंग का आपको पता मतलब हो गया कि मैं क्या दिखाना चाहता था आपको और आपको इसके बारे में पूरा जानकारी मिल गया तो आप इसको प्लीज़ इसको मतलब सब्सक्राइब कर देना यार देखे एक थोड़ा अगर थोड़ा सा भी आपने देख लिया ना तो इसको सब्सक्राइब कर देना शेयर भी कर देना ठीक है क्योंकि इसके जो रिलेटेड मोबाइल के हार्ड एक सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आपको ना आगे मोबाइल चलाने में बहुत ही आसान होगा कभी भी हैंग नहीं होगा बहुत फास्ट चलेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं नेटवर्क के बारे में बताऊँगा ठीक है तब तक सब्सक्राइब uh, करके रखो और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना क्योंकि इसका रिलेटेड अगर मैं वीडियो बना देना आप अगर मिस कर दिया तो मिस कर दिया आप देख नहीं पाओगे फिर ठीक है तो तब तक खुदा हाफ अलकम फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे तब तक बाय बाय